कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शो है गए मैं हुई गुप्ता और आज आपके सामने मैं एक न्यू अनाउंस करने वाला हूँ क्योंकि यूट्यूब ने एक नया अपडेट डाला है जो आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूँ क्योंकि आज ऐसे अपडेट को आप लोगों के सामने मैं दूँगा कि आप उस अपडेट को देखते ही झूम उठोगे तो चलिए चलते हैं बिना किसी समय देरी के और आप लोगों को बताते हैं कि क्या वो अपडेट है तो इसमें YouTube ने दो अडेट दिया है तो सबसे पहले हम पहला बात करते हैं कि पहला अपडेट YouTube ने क्या दिया है तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं तो पहला है की मोमेंट तो ये क्या होता है की मोमेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि की मोमेंट ये है कि यदि आप जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के बाद आपका जो रिएक्सन है जैसे मेरा ये वीडियो और या वीडियो किसी ने देखा है और देखने के बाद उसका रिएक्शन क्या है उसका मोमेंटम क्या है और उसका जो रिटर्नसन है वो क्या है जैसे मान लीजिए कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यदि मान लीजिए कोई वीडियो है और उस वीडियो की कुछ टॉपिक पर बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने बता दी है तो उससे जो वीडियो अपलोड किए हैं उनको उस पता चल जाएगा किस टॉपिक पर या किस चीज़ पर ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं ताकि आप उस चीज़ पर वीडियो यदि बनाएंगे तो आप उस पर ज़्यादा व्यूज ला सकेंगे तो ये YouTube ने बहुत ही अच्छा अपडेट दिया है चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ कि दूसरा YouTube ने क्या अपडेट दिया है और मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश करूँगा तो चलिए चलते हैं और बताते हैं हम आपको यदि आपके चैनल पर तीस सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो आपको ये फंक्शन मिल जाएगा आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा है कि नहीं ये कोई डिपेंड नहीं करता है लेकिन आपके चैनल पर 1000 का सब्सक्राइबर होना चाहिए दूसरे वाले अपडेट का नाम यह है क्रॉस चैनल लाइक रिडायरेक्ट तो ये क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है देखिए नाम से ही ये पता चल जा रहा है यदि आप कभी भी लाइव अपने चैनल पर आते हैं लाइव चैनल आने के बाद यदि मान लीजिए आप किसी भी चैनल को लिंक करते हैं या कोई भी अदर पर्सन है आप उसके वीडियो का लिंक यदि डाल देंगे यदि वो भी लाइव आ गया है तो आपके लाइव का वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो वो पर्सन जो जो आपकी वीडियो पर लाइव है तो वो डायरेक्ट ख़त्म होने के बाद वो दूसरे की लाइव वीडियो में चला जाएगा जिस पर आप अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में हुआ लिंक पुट किए होंगे तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो दूसरा अपडेट यूट्यूब ने दिया है कि आप उसके माध्यम से आप जो दूसरे लाइव आ रहे हैं आप उनकी वीडियो को भी प्रमोट कर सकते हैं तो ये YouTube ने बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है हम लोगों को तो यदि ये वीडियो और ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में